मेरा भी ब्लॉग ब्लॉग करा करा दो दो सबका हो रहा है मेरा भी रहा दो, अब तो बस हैं हर चीज खास है अब है जो है वो तुम रह सकी तो समाज हेलो गाइस ग कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका माय फर्स्ट ब्लॉग में तो गाइस आजकल ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब आरोप माई फर्स्ट ब्लॉग माई फर्स्ट ब्लॉग जो भी है माय फर्स्ट ब्लॉग बना रहा है और अच्छा खासा व्यू आ रहे हैं उनके वीडियो पर किसी के एक लाख आ रहे हैं किसी के दो लाख आ रहे हैं किसी के पचास हज़ार आ रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी एक माय फर्स्ट ब्लॉक करके एक ब्लॉग बना लेता हूं तो गाइस मैं रामपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ तो गाइस अभी कोई काम धाम है नहीं तो मैंने सोचा मैं भी ब्लॉगर बन जाता हूँ तो पता नहीं वायरल होगा कि नहीं होगा बट मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों का साथ रहा तो इन वायरल भी हो जाएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मिलते हैं किसी और वीडियो में जय हिंद जय भारत असलाकुम अब है जो है वो समा है तुम्हे सकी तो है अब है जो है वो समा